हेलो फ्रेंड्स पीएम एम किसान सलमान निधि की ओर से एक बड़ी खबर आ चुका है अगर आपने पीएम एम किसान सलमान निधि के तहत ऑटोपी बेस ई के से नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए क्योंकि इसका डेड है थर्टी जुलाई 2022 तुरंत ही कर दीजिए कि तो पीएम एम किशन का टेन इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ पैसा नहीं भरेगा आप आते वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डाल अपलोड करूं वो वीडियो आप पहले देखें फास्ट अपना मोबाइल स्क्रीन पर क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कीजिए सर्च बटन पर पी एम किसान डॉट जी ओ वी डॉट इन टाइप कीजिए उसके बाद एक इंटरफेस खोल आ जाएगा तो पहले वेबसाइट है डी एम किसान वहाँ पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही तुरंत एक पेज खोल कर आ अब हम फर्स्ट थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में मोड ऑन करेंगे डेस्कटॉप मोड ऑन करते ही साइड वाला ऑप्शन पर देखिए फार्मर कॉर्नर इस फार्मर कॉर्नर पर हम पहले वाला ऑप्शन ई ई ई है, पर e पर हम क्लिक करेंगे। e में क्लिक करेंगे, में करते ही एक इंटरफ़ेस आ जाएगा, बोल रहा आधार नंबर डायल करने को बोल रहा है हम पहले आधार नंबर ऐड करते हैं मैं अपना आधार नंबर ऐड करता हूँ आधार नंबर ऐड करते ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते ही ओ टी पी ई के आपका नीचे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर ऐड करना है मैं अपना आधार रजिस्टर नंबर ऐड करता हूँ मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद ओ पर क्लिक करना है ओ क्लिक करने से ते ही आपके मोबाइल पर एक ओ जाएगा जो ओ आपको मोबाइल पर आएगा वो ओ टीपी यहां पर ऐड कीजिए ओ को ऐड करते ही देखिए सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स आपका ओ टी पी ई के वाई किसान सन्मान निधि का ई के वाई हो चुका है इस तरह आप पीएम किसान सल्मा निधि योजना का ई के कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू